का मैं से से। चार में स्विच किया किया तेरी याद याद गई मेरे को है सब ठीक ये, सॉन्ग तो इट मैंने किया, मैंने तो जो भी और जो लिखता दोस्तों के पास मेरे कोई ज्ञानी नहीं नाई कोई ज्ञान प्राप्ति सब सी का, मैं से, तेरे के तार चार आधी का मिल के मैं याद मेरे को याद है सब ठीक से कौन कौन No. Me ko smellati dil se, ye mush me khamadring me side for me basate. Me likta me pills me, mere naam ko ye hit de galavana chahte the. Ashtricks with your deals me, karu India se Mumbai ko represente, kiske umar me dyanse si skills se. Bass mere charge kare, body words paak kare, bring rhyme baat kare beats se. US ne jaane ka India me reh kar India ko chase karna chahata hai. Sabna toh meri, teri saath reh kar insan ko samjna chahata hai. Dusre airport pe kiski toh cart ho gaye, look such bad kisje jaaye. Me ko nai malum, pro fans pari saath mere vidhali banane chahata hai. पे, हट कारें, कारें। उस पे फोटो तो पता नहीं करनी है मैं तो मेरा मार्ग Aage mujh jaabule riske, boda raenge badne se aage main emra ka hi power kam kare dil se. Aziz dada dil both middle ka family ka ladka, main shakhsi sufiks se. Naziro se 100 karan mein, aaj bolgi lakhos se million roshni se, bless me maam mere saath mein, bhagwan se guzariye mere umar de usko. Mera baap mere actual simde ke ka hero, mere bhai lo bolye maarnega kisko? It's born like dosi ke liye, idhar jaan bhi hai hazir. Kida pe mil lega bol se ghau na idhar naam aur respond to pe charti. Chaki, bosti ka ladka, celebrity ban gaya le jaldi le sab log.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 मर में ध्यान से स्पिल से मास मेरे चार्ज करे बॉडी वर्ड्स पैक करे ब्रेन राइम बात करे बीट से या